भारतीय आर सारे नहीं संसारदा शिव हावने आरती रोज उतरती। हर हर हर महादेव भोरिया हर हर हर महादेव हर हर हर महादेव भोरिया हर हर महादेव सपना रख वाला